संसार है चलो यहाँ देखभाल के संसार है चलो यहाँ देखभाल के इसको बनाने वाले भी हैं कमाल के संसार है चलो यहाँ देखभाल के है चलो यहाँ देखभाल के करोला कह हिफाजत मगर टूटेगा एक दिन करोला ख हिफाजत मगर टूटेगा एक दिन करोला किफाजत मगर टूटेगा एक दिन कब तक रखोगे कांच के बर्तन संभाल के संसार है चलो यहाँ देखभाल के इसको बनाने वाले भी मुझे कमाल के सड़ता या नाज महलों में और भूखा सोए कोई सड़ताया नाज महलों में और भूखा सोए कोई सड़ताया नाज महलों में भूखा सोए कोई दुनिया के सारे झगड़े रोटी दाल के संसार है चलो यहाँ भाल के मनाने वाले भी होंगे कमाल के कांटे चुभे हैं पैर और रोता भी कोई कांटे चुभे हैं पर में रोता भी है कोई कांटे चुभे हैं पर में और रोता भी है कोई उनसे दुआ लो पैर के काटे निकाल के संसार है चलो यहाँ देखभाल के संसार है चलो यहां देख देखभाल के इसको बनाने वाले कमाल के संसार है चलो यहाँ देखभाल के रंगटाए पैर और जोरि जवानी ए रुंगाए पैर और जोरी जवानी ए रुंगा ये पैर और जोर जमानी। ये जोर जवानी कायम रहेगी ना सदा कायम रहेगी ना सदा लाली गाल के संसार है चलो यहाँ देखभाल के इसको मनाने वाले भी होंगे कमाल के है, चलो यहाँ देखभाल